यदि आप अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं तो आप उसे कभी नहीं प्राप्त कर सकते तो के लिए सबसे बड़ी जरूरत है अनुमोदन शिक्षा मनुष्य के मूलभूत अधिकार है कुछ भी आसान नहीं होता पर संघर्ष से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जीवन का सबसे बड़ा सुख ज्ञान है एक अच्छा मित्र मनुष्य के लिए एक भारी संपत्ति होता है वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें सब जानते हुए भी हमें नहीं पता होता है अनुशासन और संयम जीवन के दो अहम गुण हैं आदर्श जीवन उत्तम सहयोग और समन्वय से बनता है सफलता एक अच्छे चरित्र से आती है संघर्ष के दौरान हमें धैर्य और सहनशीलता रखना चाहिए सभी मनुष्य समान होते हुए भी वे आपस में अलग होते हैं असफलता एक नया प्रयास शुरू करने से पहले ही नहीं होती है जीतने वालों के लिए कभी नहीं रुकना होता जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए हमें उससे बढ़कर कुछ देना भी पड़ता है एक जीत का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप उसे जीतने वाले के साथ बांट सकते हैं जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें आप अपनी सफलता से सबसे ज्यादा झकझोरते हो जो अधिक जानते हैं वे कम बोलते हैं जीवन में स्वास्थ्य और शांति का होना बहुत अहम होता है जीतने के लिए हमें अपनी नफरत को दूर करना होगा